रघुनाथ कला की दुष्ट दर नघुनाथ कला की पूजा केवल से गिरी मर खे रोग दोष जाके निकट न झापे रोग दोष जाके निकट न झापे पंजन पूूत महाबलिदी संतन के प्रभु सदा सई संतन के प्रभु सदा सई रघुनाथ पठाए लंका सिया शिया सुविदाए लंका जारी शिया सुधि जाए लंका सपोत सबूत सिखाई जात पवन सुत बार नाई जात पवन सुत बार नई का असुर असुरहारे सिया राम जी के काज सवारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूरचित आन संजीवन प्राण उबारे आन संजीवन प्राण उबारे पैठी पाली जमखारे अहिरावण की भुजा उखारे अहिरावण की भुजा उखारे संत जनता रे दाहिने भुजा संत जनता रे सुर नर मुनि आरती उतारे जय जय जय हनुमान उचार जय जय जय हनुमान उचार रे कंचन थारी कपूर नछाई आदती कर तई मान जी की आरती गावे बसी बै परम पद पावे बसी वै परम पद पावे लंक विधवस की आरतराई तुलसीदास स्वामी आरती गाई तुलसीदास स्वामी आरती दुष्ट दलन रघुनाथ कला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की दुष्ट दलन रघुना